हाय फ्रेंड्स आज मैं लेके आ रही हूँ आप लोग सब जानते ही है आलू पराठा बनाने के लिए लेकिन आज मैं जो पर, आलू पराठा ले आ रही हूँ कम टाइम में आप लोग इजी से कैसे बना सकते हैं ऐसे आलू पराठा देखिए कितनी औमी और टेस्टी लग रही है देखने से ही और ऐसे छोटी छोटी टिप्स इसमें इस बता रही हूँ कैसे आप लोग जल्दी जल्दी बना सकते हैं और देख के ही आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कितना टेस्टी है देखिए यहाँ पे मैं दो कप जो मेजरमेंट वाला कप होता है उसी कप से मैं हटा लिया और थोड़ी सी ऑयल डाल दिया उसमें छो बेकिंग सोडा दिया है और मसाला दिया है थोड़ा सा जो घर में बनाते हैं हम लोग रोज़ खाते हैं वही मसाला दे के रखा है यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मैं तो वो फ्लेवर के लिए दे रही हूँ आप लोग हो सके तो दे सकते हैं नहीं हो सकते कोई बात नहीं देखिए जब हाथ में मैं मुट्ठी किया तो आटे को तो मुट्ठी भर आ रही थी तभी मैंने पानी डाल के इसमें गोला बना लिया है और आप लोग ये शायद देख के पता अंदाज़ा लगा ही सकते हैं क्योंकि मैं कम टाइम में कर रही हूँ बीच में थोड़ी सी वीडियो स्किप कर दिया आटा गुन्ना तो आप लोग सब जानते ही है इसीलिए मैंने बीच थोड़ी सी स्किप कर दिया देखिए मैं ये आलू जो है पहले से ही मैंने काट कर उबाल लिया था और अभी उसका छिलका निकल के मैं आप लोगों को पूरा मतलब जो इसका भट्टा बनाते हैं वो कैसे बनाना है वो अच्छी तरह देखने से आप लोगों को पता चल जाता है बिच में आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए बिच में वीडियो स्किप करने से मैं क्या क्या दे रही हूँ उसमें आप लोगों को पता नहीं चलता है इसलिए आप लोग पूरी वीडियो देख लीजिए तभी आप लोगों को यमि और टेस्टी आलू परठा खाने के लिए मिलेंगे मैं जो आलू भट्ठा बना रही थी आप लोग तो पहले से देख ही रही थी इसमें कितना भर भर के आलू मतलब अंदर आ रही थी और अंदर कैसे मैंने इतना आलू भरा वो देखने के लिए मतलब इतना आलू कैसे होते हैं और कैसे मैंने इतना आलू उसमें दिया था ये सब देखने के लिए आप लोग पूरी वीडियो बिच में स्कीप किए बिना देख लीजिए और कैसे इतना आलू भरते हैं उसके लिए भी एक छोटी सी टिप्स है वो मैंने दिखा दिखा दिया है आप लोगों को पूरी वीडियो देखने से वो पता चल जाएगा और देखिए मैं यहाँ पे प्याज दे दिया एक पेन गर्म करके हमेशा की तरह एक पैन गरम करके उसमें प्याज डाल दिया है और अभी जो मैंने भट्टा बना लिया था आलू का वो भट्टा मैं यहाँ पे दे दूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो जो मसाला है हल्दी दे दिया नमक दे देंगे नमक मतलब मैंने आलू जब बॉयल किया था तभी नमक यहाँ पे दे दिया था इसीलिए मैं यहाँ पे इतना नमक इस्तेमाल नहीं करूँगी थोड़ी सी नमक इस्तेमाल करूँगी शायद आप लोग पूरी वीडियो में देख ही रही है मैंने इस पूरी वीडियो में इतना नमक यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैंने आलू जब बॉयल किया था तभी मैंने यहाँ पे आलू भर में ज़्यादा ही नमक डाल लिया था क्योंकि बाद में मुझे नमक देना पड़े और रोटी के साथ इतना नमक खाना अच्छा भी नहीं होता है तो मैंने कम ही रो दिया था और जब आता हुआ गुना था तब तो मैंने आलू नमक नहीं दिया था शायद आप लोगों ने देखा ही है मैंने नमक बहुत कम मेरी तरफ से मैं बोलती हूँ कि मैं नमक बहुत कम खाती हूँ आप लोग जितना खाते हैं उतना ही डालिए ज़्यादा मत डालिए क्योंकि नमक ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं होता है इसलिए मैंने एक ही बार नमक दिया था और बीच में मैं किसी वीडियो में मतलब नमक दिया ही नहीं और इसमें छोटी छोटी बातें ये है जब आप आ, आलू मैश करते हैं तब तो हमेशा हाथ से ही मैश करें और मैस वाला जो कच्ची आता है उसमें आप लोग मतलब मैश मत कीजिए क्योंकि आलू ऐसे मैश करने से आप लोगों को जो आ, आटा के साथ गोला बनाएंगे वो गोला अच्छा नहीं होगा इसीलिए आप लोग मतलब आलू कम ही जो भी मैस करना है आलू को हाथ से कीजिए हाथ से करने से बिल्कुल महीन हो जाता है अच्छी तरह होते हैं देखिए मैं प्याज लुआया है यहाँ पे कटा हुआ उसमें झाल भी देके रखा है मतलब मिर्ची जो है मैंने लाल मिर्ची लिया है और पका हुआ ये घर का ही मीची है और धनिया पत्ता ये भी घर का ही है तो ये सब एक साथ मिक्स करके हम लोग अच्छी तरह भट्टा बना लेंगे और पहले से ही मैंने आता के जो गोला है वो बना के रखा है और इसमें एक छोटी टिप से ये है जो मसाला मैंने जो मसाला देना है वो मैंने बाद में दिया है पहले मैंने इतना मसाला नहीं दिया है क्योंकि बाद में मसाला जब आलू के साथ मिक्स करते हैं भट्टा बनाने के बाद तब खाने के लिए और ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं जब रोटी के अंदर वो पक्के पूरे रोटी की रोटी में लग जाते हैं तो उसके खाने का टेस्ट ही अलग होते हैं देखिए मैंने एक गोला लेके यहाँ पे ऐसे ही कर लिया और बेल लिया थोड़ी सी और अभी स्टेफिंग भरेंगे देखिए मैंने कितना सारा स्टेफिंग ले लिया है यहाँ पे आलू का भट्टा लिया है बहुत सारा आलू भट्टा लिया है और ऐसे थोड़ी सी बेल के आप लोग जब आटे को बेल के आ, स्टफिंग देंगे तो बहुत ज़्यादा आलू आ जाते हैं खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और उसके बाद जो मैंने किया गोल गोल बनाया तो गोल गोल जो बनाते हैं हम जो लिट्टी चूखा खाते हैं बिहार वाला जो लिट्टी चूखा होता है उसी हिसाब से गोला बनाइए तब आपका रोटी बेलने में भी दिक्कत नहीं होते है और अच्छी तरह हो जाते हैं देखिए मैंने ये फटाफट से अच्छी तरह कर लिया है यहाँ पर ऐसे ही मेरी सारी वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरी चैनल में जाकर विज़िट कर सकते हैं और मैं छोटी छोटी टिप्स है जि यहाँ जो बता रही हूँ वहाँ पर भी मेरी हर वीडियो पे बता रहे बता के रखा है आप लोग जाके मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं और मेरे चैनल भिजिट करके लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मेरे को मत भूलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि जो रेसिपी होते हैं सारी मैं छोटी छोटी टिप्स बताती जाती हूं किसी को बनाना आता है और किसी को नहीं आता है और हाँ एक बात बता देती हूं मैं पहले से एक नॉन स्टिक वाला पेन यूज़ करती थी या तवा भी हो नॉन स्टिक वाला यूज़ कर रही हूं अभी मैं जो यहाँ पे कर रही हूँ ये लोहे वाला तवा मैंने लिया है क्योंकि लोहे वाला तवा का जो हीट होता है उसी हीट में आलू के पराठा बहुत टेस्टी बनते हैं और सब लोग ये सब बातें जानते ही हैं और इस इसीलिए मैंने लोहे की तोा यूज़ किया है और आप लोग देखिए सारा देख के ही वीडियो आप लोगों को पता चल जाएगा और मेरे चैनल को भिजिट कीजिए भिजिट करके सारी वीडियो देख लीजिए मैंने जो काजू मटन वाला बनाया था वीडियो वो वीडियो बहुत अच्छा हो रही है सभी लोग लाइक कर रही है, सब्सक्राइब कर रही है, इसलिए सबको थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए और आप लोगों ने शायद पहले मैंने दिखा दिया था कितनी ओमी और टेस्टी बनते हैं ये आलू परा था आप लोगों को देख ही पता चल गई कैसी बन रही है और कैसे बना रही हूँ मैं यहाँ पर जो छोटी छोटी टिप्स बता रही हूँ वो टिप्स आप लोग फॉलो करके ऐसे ही मतलब आलू पराठा बना सकते हैं बहुत टेस्टी बनते हैं हर तरह आलू फैला हुआ मिलेंगे आप लोगों को जैसे कोई कोई बनाते हैं ना एक तरफ आलू है एक तरफ आलू नहीं है तो ऐसा नहीं होता है मैं जो टिप्स बता रही हूँ उसी टिप्स से आप लोग मतलब बनाएंगे तो आप लोगों के आलू में भर आलू पराठा में भर भर के आलू आलू हो जाएंगे मतलब इसीलिए आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि आप लोग ऐसे बनाइए और हर कोई ऐसे सीक्रेट नहीं बोलते हैं मैं आप लोगों को बोल रही हूँ इसीलिए मेरे को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए भी मत भूलिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखने के लिए भूल मत भूलिए क्योंकि आप लोगों के लिए जो रेसिपी मैंने लेके आ रही हूँ मेरी चैनल की द्वारा वो रेसिपी आप लोग बना के खा के कैसा लग रही है ये कमेंट जरूर लिखिए लिखने के लिए मत भूलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए और ये देखिए मैंने फटाफट से शॉर्टकट से आप लोगों को दिखाया एक किसी के किसी चीज का एक बार या दो बार करके ही दिखाया जो जैसे मैंने आलू कैसे भरना है और उसके गुनना भी आटा गुनना ये सब सबको कुछ एक एक बार ही दिखाया दोबारा दोबारा नहीं दिखाया है मैं मतलब पूरी वीडियो एक बार मैंने ऐसी ही आलू परठा वाला वीडियो बनाया था वो भी मेरे वीडियो बहुत अच्छी हो रही थी वीडियो लंबी होने के कारण मतलब ये, ये जब मैंने यहाँ पे अपलोड किया था क्रम ब्राउजर में जाके तो यूट्यूब चैनल में अपलोड किया था तभी अपलोड नहीं हो पा रही थी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी इसीलिए मैं आज मतलब बहुत कम तरी से वीडियो बना रही हूँ कम समय लेके देखिए मेरी आलू पराठा पूरा बन गए अभी मैं आप लोगों को एक रोटी खोल के दिखाऊँगी क्योंकि इसमें कितना बहुत गर्मी है देखिए कितना यहाँ पे आलू भर भर के हैं पूरी आलू प्याज और जो जो मैंने डाला था ग्रीन ये पट्टा वट्टा सब कुछ दिखा रही है आप लोगों को अच्छी तरह देख रही है और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब